नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे वीके स्टडी के चैनल में तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित नगर है तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए चीनी ऑप्शन बी सिंधु घाटी ऑप्शन सी सुमेरियन ऑप्शन डी यूनानी तो दोस्तों देखते हैं आप पांच में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही बता सकते हैं आपको सभी क्वेश्चन का आंसर बताना है लेकिन टाइम्स खत्म होने से पहले ही उसका उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में तो चलिए इसको राइट आंसर बता देते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंधु घाटी तो आशा करते हैं जब समझ में आ गया होगा तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टू महाकुंभ 2001 निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित हुआ तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए नासिक ऑप्शन बी उज्जैन ऑप्शन सी हरिद्वार ऑप्शन डी इलाहाबाद तो दोस्तों इसका भी आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज टाइम खत्म होने से पहले ही इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इलाहाबाद तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री आश्रमों की संख्या कितनी है तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए दो ऑप्शन बी चार ऑप्शन सी छः ऑप्शन डी आठ तो दोस्तों इसका भी आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप मेरी पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा उसके टैग करके देख लीजिएगा तो इसका राइट आंसर मैं बता देते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जो कि 4 है तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर सम्राट अशोक ने किस धर्म को राज आश्रय प्रदान किया था तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंदू धर्म ऑप्शन बी जैन धर्म ऑप्शन सी बौद्ध धर्म ऑप्शन डी सिख धर्म तो दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा मैं इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा प्रोवाइड करता रहूंगा जो आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन डी सी सॉरी बिंदुसार ऑप्शन डी बृहद तो दोस्तों इसका भी आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और चैनल मेरी वीडियो आपको कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए यहां तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा मैं इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा प्रोवाइड करता रहूंगा जो आपके पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप का मैं क्वेश्चन आपको दूंगा तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए आपके सपोर्ट की जरूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत